और शकल पर मत जा। तुझे सच बताना हमारा फर्ज है कि शकल पर मत जा। तुझे सच बताना हमारा फर्ज है उतने तेरे पक्ष में मोहरे नहीं जितने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज है एज तुझसे कुछ नहीं चाहिए जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती एज जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती मैंने इरादा कर लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ और मेरे हौसलों से पंगा तू ले भी नहीं सकता मुकाम तो मेहनत की देन है किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती क्या मुकाम तो मेहनत की देन है किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती और हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती बस सुनिएगा के किसी से दो दिन में मोहब्बत नहीं ये बात मुझे हकीकत समझाती है किसी से दो दिन में प्यार व्यार नहीं ये बात मुझे हकीकत समझाती है और मैं मोहब्बत तक ठुकरा देता हूँ जब बात इज्जत पे आती है। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा की कुछ रात जागने से काम चल जाता कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे नहीं सोचे मत सब्सक्राइब कीजिए